इवन, मैं मेहनत पांडे आप का बहुत -बहुत अभिनंदन करता हूँ इसमें बिकॉज आप लोग को ये मालूम है की मेरा इंस्टीट्यूशन चलता है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आई टी इसमें कई सारी विंग कई सारी शाखाए हमारी संस्था की सो वर्क काफी ज्यादा होने के नाते होने के नाते मैं इस समय वीडियोस नहीं दे पा रहा था और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्राप्त होती हैं जैसा हमारे इस चैनल पर टेली का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है बेसिक कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर का कोई भी ज्ञान नहीं है उसके लिए बेसिक कोर्स थेरेटिकल अवेलेबल है कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासेस चल रही है उसकी कुछ वीडियोज ही दे पाया मैं उसके बाद मैं ऑनलाइन अभी नहीं आ पा रहा था कुछ पर्सनल रीजन था और अपना जो क्रम होने के नाते मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था सो so, गाइस अब काफी सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर और अपने इंस्टीट्यूशन के क्योंकि हर शाखा पे जाकर के पढ़ा पाना संभव होता नहीं है तो उसके लिए मैं हम मैं चाहता हूँ की मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊ डिजिटली में हर बच्चे के सम्मुख जाना चाहता हूँ उसके लिए हम अपना प्रैक्टिकल क्लास प्रोवाइड करने के लिए अब हम आपको बेसिक से फर्स्ट की कंप्यूटर का कोई भी ज्ञान नहीं है उसके लिए हम अभी तक थियोरिटिकल हमने बेसिक कोर्स का वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया बट अब हमारी जो वीडियोस आएंगी बेसिक में प्रैक्टिकल क्लासेस आएंगी जो फर्स्ट डे की क्लासेज जिसको कंप्यूटर का कोई भी ज्ञान नहीं है उन स्टूडेंट्स को अगर कंप्यूटर पढ़ना शुरू करना चाहते हैं वो तो उनके लिए हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और हमारे और भी जो चल रहे हैं जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स एस टी एम एल वगैरह के कोर्सेज स्टार्ट होंगे एमएस ऑफिस के कोर्सेज स्टार्ट होंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आएंगी तथा ट्रिपल सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज में प्रोवाइड करूंगा बिकॉज मैंने कंप्लीट कोर्स दे दिया है आप लोगों को और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस जो बनेंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो आज के इस वीडियो का मेरा बस एक ही मोटो है कि मैं आप लोगों को सूचित कर दू की मैं अब वापस ऑनलाइन आ रहा हूं अब मैं आप लोगों को वीडियोस प्रॉपरली देने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स वीडियोज को मेरे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं मैं देखता हूँ कि काफी लोग मेरे चैनल को देखते हैं बट अनसब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी ये रिक्वेस्ट समझें हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोस मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें बिकॉज यदि आप उनके पास शेयर करते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है जिन्हें फीस पे करने में प्रॉब्लम है वो फ्री में कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं आप लोगों को ये मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारी यहाँ पर जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो स्टेप बाय स्टेप एज ए क्लास रूम की तरीके से आपको मिलेंगी सो so, आपको कोई भी कोर्स पढ़ने में कुछ भी तैयारी करने में कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी यदि कोई भी असुविधा आपको होती है कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं तभी हम उस पर अपना सजेशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो गाइज ये वीडियो जो मेरी है बस आप लोगों को सूचित करने के लिए है जब मैं कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करता हूँ तो उसके बारे में पहले मैं सूचित कर देता हूँ बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं जो हमारे इस YouTube फैमिली मेंबर्स हैं और उनको इसकी रिक्वायरमेंट है और हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों को इसके इस खासा रिक्वायरमेंट है वो चाहते है की सर हमको क्लास दे तो उसके नाते से हमें ये वीडियो बनाना है और हम बेसिक क्लासेस जब आप ज्वाइन होते हो कंप्यूटर सीखने में एबीसीडी जैसे आप कंप्यूटर की जानना चाहते हैं तो वहां से हम आपको स्टार्ट करके देंगे यहाँ अगर आप कंप्यूटर में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग टू तो एंडिंग अपना एक नोटबुक लेकर के बैठे जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप नोट करते रहे यहां आपको कोई भी फी नहीं देना है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जितनी भी वीडियोज पर आएंगी वो सारी वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी इसके लिए कोई भी और मैं कभी भी आपसे पेमेंट के लिए इधर से रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा तो ये मेरा जो चैनल है ये फ्री में आप देख सकते हैं और हर वो स्टूडेंट इसको देख सकता है, है, है। so इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज हो जाए की मेरी जो वीडियो अब आएंगी अदर कोर्सेज जो मेरे चल रहे हैं वो प्रॉपरली चलते रहेंगे और मैं बेसिक का भी वीडियो स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल वीडियो बिकॉज मैंने थे प्रोवाइड कर रखा है पहले से और उसमें मैं और भी इम्प्रूव करता रहूंगा और प्रैक्टिकल चलता रहेगा बट एक सेशन मेरा प्रैक्टिकल का चलेगा जीरो लेवल से जो उस हर एक नए स्टूडेंट के लिए काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो वीडियोस को केयरफुली देखें यदि कोई भी समस्या आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताए और हमारे इस चैनल पर आप अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है यदि आप यहां से जुड़े हुए हैं और आपने वेल नोटिफिकेशन प्रेस कर रखा है तो आपको मेरी कोई भी वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करते हैं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको कुछ न कुछ जानकारी ही मिलेगी इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें तो बस आज हमें यही बताना था तो मिलते हैं आप अपने फर्स्ट डे की क्लास में कंप्यूटर बेसिक के प्रैक्टिकल क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद